हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आज हम हमारे व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर आए हैं जींदसंध वाले पैकेज पर इसे एन एच एक या ट्रांस हरियाणा एक्सप्रेसवे या नारनौल से अंबाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बोलते हैं यह एक्सप्रेसवे नारनौल से इस्माइलाबाद जो कि कुरुक्षेत्र ज़िले में पड़ता है दो सौ किलोमीटर लम्बा एक्सप्रेस है जो कि आठ पैकेज में बांटा गया था जिसमें से कि कुछ पैकेज का, का काम लगभग पूरा हो चुका है इसमें नारनोल से महेंद्रगढ़ वाले पैकेज की वीडियो हमने हमारे चैनल पर डाल दी है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है उस वीडियो का भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है मुझे आशा करते हैं यह वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी वीडियो को पूरा देखिएगा। यह इंटरचेंज असंत रोड पर बन रहा है जहाँ से आपको टोल से एंटिट करने को मिलेगी ये बाउंड्री वोल का काम चल रहा है ये दो किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे पर एक्सप्रेसवे की दोनों साइड सीमा पर लगाई गई है जिससे पशु इस एक्सप्रेसवे पर आसानी से ना चढ़ सकें कुछ कुछ दूरी पर पशुओं के लिए अंडरपास बनाए गए हैं ये एम बी है ये रोड के दोनों साइड लगाई गई है इस एक्सप्रेसवे पर लगभग काम जो जितना भी बचा है वो ब्रिज या आर या अंडरपासीज़ के पास का ही काम बचा हुआ है हरियाणा में जींद ऐसा ज़िला है शायद जहां दो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का इंटरचेंज बनेगा एक इंटरचेंज एन एच का जींद सफिदो रोड पर बन रहा है नियर पिल्लू खेड़ा विलेज के पास और यहीं पर दिल्ली अमृतसर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो कि जज्जर में के से बनना स्टार्ट हो चुका है उसका भी इंटरचेंज पिल्लुखेड़ा के पास ही बनेगा इन दोनों ग्रीन फील्ड से आने वाले समय में जींद क्षेत्र के लोगों को रोड कनेक्टिविटी में बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी पलवल में के से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम तेज़ी से चल रहा है इससे जिन क्षेत्र के लोगों को मुंबई तक सफ़र करने के लिए सिर्फ दो ही टर्न लेने होंगे वो भी के पर उससे उनका मुंबई तक का सफ़र आसान व सुगत हो जाएगा हम कोशिश करते हैं वीडियो में सिर्फ रोड ही ना दिखाएँ कुछ जानकारी व फैक्ट भी बताया जाए आपको जिससे आपको वीडियो अच्छी लगे मुझे इस एक्सप्रेसवे में सबसे अच्छी चीज़ एक्सप्रेसवे के दोनों साइड बाउंड्री वॉल लगी जिससे पशु इस एक्सप्रेसवे पर आसानी से नहीं चढ़ सकेंगे और एक्सीडेंट के चांस भी कम होंगे आपको इसमें क्या अच्छा लगा आप कमेंट करके प्लीज़ बताइए